है Oneplus का न्यू एलिवेंट 5G आ चुका है इस बार Oneplus ने कैमरा पे नया नया चीज को ऐड करके रखा है रेड कलर की बॉक्स जिसमें एलिवेंट लिखा हुआ है इस बार Oneplus ने प्रो नाम की चीज को हटाया है तू तू क्या बोल रही है? चुप! सातवीं इस चीज को मुझे अच्छा लगा है Oneplus ने बढ़िया काम किया है तो सबसे पहले बॉक्स को ओपन कर लेते ये है बॉक्स बॉक्स का पुण्य का हटाते हैं, ओपन कर लेते हैं बॉक्स में डब्बा देखने के लिए मिल जाती है माय गॉड, स्मार्टफोन साइड पे रखते है और एक एडाप्टर देखने के लिए मिल जाती है और एक टाइप सी सिकल ठीक ठाक है बॉक्स के अंदर क्या है देखते है वो केस देखने के लिए जाएगी ऐसे और कुछ डॉक्यूमेंट है देखते हैं फोन को। oh my God, beautiful look. है फोन कोलिफेंट डिजाइन अच्छा है देखने में प्यारा सा लग रहा है रेड कलर की टाइप सी केबल ज्यादा बड़ा नहीं है ज्यादा मोटा भी नहीं है ठीक ठाक है ऐसे केस आपको अच्छा नहीं मिलेगी लेकिन ठीक ठाक मिल जाएगी एंड दोस्तों 100 का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दे रखा है बहुत कम टाइम पे चार्ज करा के दे देगी इसका कैमरा मॉडल देखा जाए तो वेट वेट वेट इसी तरह कैमरा मॉडल को मैंने कहीं देखा है Yes, की स्मार्टफोन पे विवो X19 नाइनटीन देख के बनाया क्या वन प्लस ने बट कैमरा डिजाइन बारा सा गोल सा देखने के लिए मिल जाएगी तीन कैमरा सेटअप एंड फ्लैक्स लाइट दे रखा है डिजाइन काफी प्यारा सा है किसी को अच्छा लगेगी किसी को अच्छा नहीं भी लगेगी ये वाला चमकीला है और एक ब्लैक कलर पे आती है साइज पूरा कब है एंड दोस्तों स्मार्टफोन पे थोड़ा थोड़ा फिंगर देखने मिल जाएगी ज्यादा फिंगर मिलेगी कैमरा पे राइट साइड पे पावर बटन लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम बटन एंड दोस्तों ऊपर की साइड पे छेद है, नीचे की साइड पे एक माइक टाइप सी सिम डालने के लिए एक जगह दोस्तों आपको बता दू स्मार्टफोन इंडिया वेर नहीं है चाइना वेर है इस स्मार्टफोन पे तीन कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगी जिसमे फिफ्टीन मेगा प्राइमरी सेंसर सोनी का जो है फोर्टी एट की अल्ट्रावाई थर्टी टू मेगा की टेलीस्कोप एंड सेल्फी मिलेगी 16 मेगापिक्सल की इस बार वन प्लस ने प्रोटेटेड मोड भी ऐड करके रखा है कैमरा पे हल्का लाइट पे अच्छा फोटो क्लिक कर पाओगे बात आती है परफॉर्मेंस की का नया एट जेंट टू आपको इस स्मार्टफोन पे देखने के लिए मिल जाएगी इस टाइम पे फास्ट प्रोसेसर है इस स्मार्टफोन पे लैक डिले कुछ भी नहीं देखने के लिए मिलेगी इस स्मार्टफोन पे एंड्रॉइड थर्टीन सपोर्ट करती है इसमें आपको सिक्स इंटू इंच का वन ट्वेंटी का टू एमोल डिस्प्ले बहुत अच्छा वन प्लस ने डिस्प्ले दिया है स्मार्टफोन ऐसे एक चीज नोटिस करोगे अलर्ट स्लाइडर इस चीज को दो साल पहले दिया करते थे वन प्लस लेकिन दो साल के बाद इस स्मार्टफोन पे प्रोवाइड किया है डिस्प्ले पे अच्छा वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी कलर वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है दे रखा है वन ने एंड दोस्तों स्मार्टफोन पे फाइव थाउजेंड की बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी एंड दोस्तों बारह जीबी रैम दो जीबी इंटरनल स्टोरेज एंड दोस्तों इसका प्राइस इंडिया पे देखा जाए तो फोर्टी एट थाउजेंड पे स्मार्टफोन मिलेगी इंडिया पे लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दो स्मार्टफोन 15 मिनट पे फास्ट चार्जिंग हो जाती है बहुत भीड़ हो जाती है ऐसे स्मार्टफोन को ठीक ठाक लग रहा है लेकिन दोस्तों जब इंडिया पे आएगी तब पता चलेगी एंड दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे इस स्मार्टफोन का लॉन्च डेट तो वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया तो सब्सक्राइब कर लेना बेलखंड का ऑन कर ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में